हेलो दोस्तों नेचर ने कई चीज़ों को बहुत बड़ा बनाया है जबकि कई चीज़ों को बहुत ही छोटा तो चलिए आज हम मिलवाते हैं आपको ऐसे ही कुछ क्रिएचर से सबसे पहले इस रैबिट को देखिए यह साइज में इतना बढ़ गया है कि इसका वजन 80 के के करीब है और ये फुल्ली ग्राउंड हिन्सान के बराबर दिखता है कुत्ते की साइज से भी काफी बड़ा दिखने वाला खरगोश है जब तो कुत्तों की बात आती है तो तिब्बतियन पड़ के इस कुत्ते को देखिए जिनका वेट हंड्रेड के से भी ज्यादा हो गया है और इसकी ऊंचाई नाइन फीट के करीब है आप सभी को पता है कि सन अर्थ के मुकाबले में काफी बड़ा है लेकिन कितना बड़ा है ये आप इस फोटो में देख सकते हैं रेड कलर के इस चाइन सन के आगे धरती सिर्फ एक डॉट की तरह नजर आती है व्हाइट कलर की जो आप ये चीज देखते हो यह चावल का एक दाना है और इसके साइड में रखा है दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर हालांकि ये नेचर ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया है इंसान द्वारा बनाई गई इस क्रिएचर को देखे मिश्र के पिरामिड जो आप सभी ने जरूर देखे होंगे लेकिन क्या आपको पता है इसके अंदर लगे एक एक पत्थर की ऊंचाई करीब तीन या चार फुट या कई बार उससे भी ज्यादा है इस फोटो में आप देख सकते हो कि दो पत्थरों की ऊंचाई करीब एक ग्राउंड छः फुट इंसान के करीब है उस टाइम पर इन्होंने ये इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाएंगे है आप सोच सकते हैं ये है दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा कछुआ जो कि एक स्ट्रॉबेरी के आकार का होता है कछुओं की कुछ प्रजाति बहुत ही छोटी होती है जबकि कुछ प्रजातियां बहुत बड़ी हो जाती हैं इस फोटो में आप देख सकते हो सी टर्टल जिसकी लंबाई करीब 10 फुट के करीब रहती है और विशाल हो जाते है। इस पेड़ को देखिए इस पेड़ का डायमीटर छह फुट के एक आदमी की बजाय कितना ज्यादा लग रहा है हालांकि पेड़ और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं उदाहरण के तौर पर आर्टिक में पाए जाने वाले ये रेड जिनका डायमीटर ही टेन फीट या उससे भी ज्यादा हो जाता है और ऊंचाई बहुत ही ज्यादा आप इंसान के मुकाबले में इनकी ऊंचाई और चौड़ाई देख सकते हैं बेट्स यानी कि चमगादड़ बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन इस फोटो में दिखाया गया ये चमगादड़ साढ़े फुट का है जो कि इंसान ही बच्चे के बराबर है और इसका वजन भी तीस के तक है भालू के बीयर काफी बड़े होते हैं लेकिन उनकी जीप भी काफी बड़ी होती है जब वो अपनी जीप पूरी निकाल लेते हैं तो उसकी लंबाई करीब एक फुट के करीब हो सकती है टाइटेनिक जहाज काफी बड़ा था आप सभी को पता है लेकिन आज के ज़माने के जहाज टाइटेनिक से भी बहुत बहुत, बहुत बड़े हैं इस फोटो में राइट की तरफ दिखाया गया टाइटेनिक जहाज है जबकि लेफ्ट की तरफ दिखाया गया मॉडर्न जमाने का जहाज बाज के पंजे काफी शक्तिशाली होते हैं और बड़े भी इस फोटो में आप देख सकते हो कि एक बाज का पंजा इंसानी पंजे के मुकाबले कितना ज्यादा स्पंजी और ताकतवर दिखाई दे रहा है एनाकोंडा मूवी आपने सभी ने देखी होगी ये देखिए रियल में एनाकोंडा जो कितना बड़ा है जो आसानी से एक इंसान को निगल सकता है बिना डकार लिये चूहे की प्रजाति का यह जीव काफी बड़ा है और इसका वजन भी 90 के के पास है इस तरह के क्रिएचर्स बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब इन महाशय को देखिए इनका नाम है चलो नाम में क्या रखा है ये अपनी वाइफ के साथ देखिए कितने तो भारी भरकम नजर आ रहे हैं कुछ ऐसे ही अपने खली भाई साहब भी है कुछ वील्ड पीस बहुत ही बड़े हो जाते हैं अमेरिका में पाया जाने वाला ये वील्ड पीस देखिए जिसकी ऊंचाई भी 10 फीट के करीब है यह एक विशाल का जीव नजर आता है वेल मछली सभी को पता है काफी बड़ी होती है लेकिन कितनी बड़ी ये आप इस फोटो में देख सकते हो ये काफी बड़ी बोट है और इसके मुकाबले में वेल मछली का सिर्फ एक ट्वेंटी पार्ट आपको नजर आ है दुनिया में पाए जाने वाले बड़े बड़े ट्रकों की जब हम बात करते हैं तो कोल माइनिंग में यूज होने वाली ये ऑस्ट्रेलियन ट्रक देखिए कितना बड़ा है जो राइट साइड में दिखाए गए फुल्ली बड़े से बड़े ट्रक के मुकाबले में कितना बड़ा नजर आ रहा है जेलीफिश समुन्द्र में पाए जाने वाला एक जीव है जो इतने बड़े नहीं होते लेकिन इस फोटो में दिखाई गई जेलीफिश बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है शायद दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए थैंक यू